एकता उल्टी मोटी और अपना बैग लेकर दौड़ने लगी वो चीख तो रही थी पर आसपास कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ को सुन सके और उसके साथ वो बावन लाशें भी दौड़ने लगी और अगले ही पल उन सारी लाशों ने एकता को घेर लिया एकता के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और पलक झपकते उन लाशों ने एकता को अपने हाथों में उठा लिया और जमीन के अंदर लेकर चली गईं बस रह गया तो एकता का बैग जिसमें से निकला वो आईना इस पूरे घटनाक्रम का एक राजदार था कि किस तरह वह राशि एकता को नर्क में ले गई इस घटनाक्रम के दो दिन बाद सागर मध्य प्रदेश में एकता की बहन और मां का रो रोकर बुरा हाल था उधर घटना स्थल से मिले एकता के बैग को उसकी बहन देख रही थी उस बैग के अंदर उस आईने को देखकर वो हैरान रह गई क्या वो उस आईने की सच्चाई को जानती थी और वो बावन लाशें कौन थी जो एकता को अपने साथ नर्क रोप ले गई आगे जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब